सतना से सरिया लौटकर सिंगरौली जा रहा एक ट्रक अमीलिया घाटी में पलट गया जिसके कारण ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई सतना से सरिया लौटकर सिंगरौली आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर अमीलिया घाटी में पलट गया इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया इस खतरनाक क्षेत्र में आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं इनसे बचने के लिए प्रशासन ने कोई प्रयास अब तक नहीं किया है जबकि जिले में करोड़ों रुपया सी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के कारण प्रशासन के पास जमा है